दोस्ती पक्की हो गई आपके बस से है पापा और भैया दोनों सो रहे हैं तो टाइम है पापा के आठ बजे आई तो नहीं बालकनी रखना है इसको जयपुर ले, ले जाओ, जाओ। मार देना की दोस्ती करवा देंगे ना इससे ऐसे जैसे आपसे कर रहा है दोस्ती ऐसे दोस्ती कर लेगी दीदी भी इससे बताओ कैसा रहेगा पूछ लो तो मैं। क्या फिर वो ये वो ये करेगा पौटी? पौटी आपके साथ करेगा हाँ। करते हो तो बता देना इसको इसको मैं इसमें करता हूं। आ आ, समझ में थोड़ी आता है इसको, समझ, सब समझ आता है आता पोर्टी करोगे ना वहाँ पोर्टी कर लेगा जहाँ सुसू करोगे वहाँ सुसू कर लेगा आपके साथ रहेगा पूरे दिन टाइम इसके बाद चिट्ठी लग रही है बताओ बैग पैक कर देता इसके कपड़ा है खाने हैं सब चीजें है इसकी आ, तो कपड़े है, है कपड़े भी हैं इसके अम्रेला है इसका और इसके वो है क्या बोलते हैं पेडीगिरी है इसकी इसकी वो है हड्डी है इसके ये कपड़े तो हैं पट्टा बन रहा है <laughs> इतनी कपड़े पहनते हैं वैसे नीचे बैठो आराम से वॉचअप करो कुछ नहीं करे कुछ नहीं करे तो आ गया हाथ लेगा उससे करने के लिए ये देखो <laughs> नीचे है नीचे डरो मत आप डरोगे तो आपको डर लगेगा मैं बैठा बेटा कुछ नहीं कहेगा <laughs> मम्मी नहीं है इधर ट्रंप है <laughs> अब हाँ, हाँ, हाँ। दूर जा रहे हैं इसे कर रहा है गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू मनंदर ब्लॉक और रात में किशोर भैया आ गए थे घर पे पर लेट आए थे दस साढ़े बजे और फिर सुबह ट्रंप की और लग रहे हैं मोबाइल पीछे मोबाइल चलने लग गया अपना और वो जा रहे हैं प्रोग्राम में तैयार हो गए नाद हो गए गला ख़राब तो क्योंकि जुकाम हो गए कल रात में हो गया बिल्कुल फिक्स फैन व्यवहार ही एक और ए सी का व्यवहार पकड़ लिया ए सी ज़्यादा रही है मोबाइल में क्या कर रहे हो जी हाँ मोबाइल में गेम खेल रहे पिटाए, पिटाए हो पिटाई पिटाई हो गई पिटाई हो गई इसकी <laughs> प्रिंस जी <laughs> नेक नेक बिल्कुल ढान थे हाँ बिल्कुल अच्छी तरीका थे क्लीन एकदम बिल्कुल साफ आ, ना आज मर सके वैसे स्वास्थ्य तो वैसे चिन्ह न जाए नाम का है। तो नाम नाम रुद्रांस, लुग तो तो को, फिर मैं रोशनी रोशनी हमारे पास तो तो कॉमन ज्योति का दीपक ही मिल जाए कॉलोनी में छा दू तो, तो, तो, तो, तो मैं बात भी अपने है। में तो तो हैं है तो तो जनरेशन के साथ ठीक हो और यहाँ का नाम यहाँ का नाम यहाँ जनरेशन के साथ तो झाड़ू है अरविंद केजरीवाल नाम राम ना या <laughs> तो या तो ये गो <laughs> <गुण देए> तो नहीं। नहीं। नहीं। याद है है है ना ना ना ना ना पापा नाम ना <laughs> कोई ना नाएं। नाम नाम नाम नाम ये कुत्ता के के पे कीड़ी हो सब लव लव लव आप बस में मम्मी की रखना गुड मॉर्निंग आ गई है ओ देखे न फेरो गए लेट ऑफिस आज पौने ग्यारह पापा हम निकले घर से ऑफिस के लिए और मैं जाके बैठता रितु और लाला के पास रोशनी कर रही झाड़ू पोचे कम लग गया था फैर सोने और बैठी हुई है नीचे लग रही अपने काम करने में मम्मी मम्मी रही है रह रही है इस पर दे दे करती हो कपड़ा में। कपड़ा बदल बदल में दिया बेचारी तो तो तो, तो। ए... कर मेरे को नहीं देती बदमाश है मेरे से अम्मा सोन नहीं देती मेरे को आँ। आँ। अम्मा बदमाशी करती है मेरे साथ जगा देती है मेरे को जब मन करता है तभी खुद तो आराम से होती है मेरे को नहीं सोने देती है, अम्मा हैं अम्मा आप मेरे को जगा दो रात में जगा दूंगा, दूंगा आपको हैं बेटा रात में जगा देना अम्मा को ना अम्मा जगा दूंगा रात में दो बजे जगा दूंगा ऋतु खा रही है दूध ब्रेड और ओन वो रही पीछे आराम से मस्त दूध पी के सो गए ऐसा न इसका नाम कल घोषित कर देंगे अरे वो तो ना नो इससे कोई कुछ चीज नहीं गएगा तेरे फालतू आदमी मै बंद ना रही एक तो डेढ़ बज गया अब खाना खाया पहले क्या क्या ने वो नहीं बनाई थी सब्जी और दही का खट्टा तो फिर रोशनी से मैं चटनी बनवाइए है उसके बाद रोटी खाई है फिर उसने गया तीन रोटी बना के रख दी फिर तो मैंने उसको दोबारा बोला मैं और रोटी बना अब जाके दोबारा तीन रोटी बना की तो चटनी चक्कर में मैंने छह रोटी खा दी और हो गया मेरा पेट फुल ज़्यादा और तो वह सारा ज़्यादा खाना खा दिया बहुत ज़्यादा हो ही गया तो बहुत दिन से उठी सीधी सब्जी बना रहे थे किस दिन बैंगन आलू बना दिए किस दिन कुछ बना दिया आज जाके मुझे लग रहा है कि पेट फुल हुआ और रोशनी के नाने भी मैं थोड़ी जुखाम सी हो रही है शायद तो मैं क्या सो लेता हूँ जब तो जगऊंगा दो तो तीन घंटे बाद जब तो तक आ जाएंगे मनू भैया यहाँ पे वो खाना खाने गए हैं थोड़ी देर में आ जाएंगे जब तक अपन सो लेते हैं टाइम हो गया पौने बज गए और रोशनी बना के दे ये भी चाय तो पहले हम चाय पी लेते हैं फिर चलेंगे थोड़ी देर बाहर क्योंकि मैं थोड़ी जुकाम हो रही तो जुकाम गोल्ले का आऊ तो पेटी चाने का मन भी कर रहा है क्योंकि रोटी नहीं रोशनी ने चटनी तो बना दी थी पर रोटी नहीं बना के दी तो अपन पेटिस खाते हैं बाहर जाके यहाँ जा पर कुछ और खा गया पर लग रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा तो चाय पी के फिर चलेंगे बाहर जब जा दो तो जाएंगे जाएँगे सवा साढ़े छः बज जाएंगे या जा तो पापा आ जाएंगे तो पापा नहीं आएँगे तो गाड़ी निकाल लेनी पड़ेगी मैं जाता बाहर कुछ खाने पेटिस वगैरह पर मम्मी भी बैठा दे नीचे दूर पास और वहाँ गर्मी लग रही थी तो मम्मी और नीचे गई काम वाम करके नहीं अब और मैं आ गया ऊपर अब जाने का मन नहीं कर रहा बाहर तो रोटी बढ़ाएगी रोजी थोड़ी देर में वो चक्नी रखी सुबह की सब्जी बनाए तो बनाए नहीं, बनाया था बनाया था नहीं। मैं बनाया कोई दिक्कत नहीं अपने को मैं चटनी से खा लूंगा रोशनी से कहा था रोटी बनाने के लिए तो मुझे भूख लग रही है उसने खा रोटी बनाई अभी कह कहते तंदुरुस्ती तो से गर्म गर्म रोटी खा लूंगा अभी पकड़ के लाता हूँ उसके रोशनी को नीचे जाके उस दिन कुछ आलू की सब्जी खा लेते अभी थोड़ी देर पहले उसके आलू की बनाई है रोशनी रोशनी रोशनी रोसू रोशनी रोटी बनाते ना रोटी रोटी बना रही सब्जी क्या बनाई तूने? सब्जी तू ने तो मुकुल रोटी बनाता मैं तो मतलब चटनी खा लाऊ सुबह वाली थे बना अभी बनाते भूख लग रही बहुत जोर से सुबह तो भूखों मार रखो थे अभी सब्जी बनाई नहीं है बनाएगी वो सब्जी पता नहीं क्या आलू वालू खाए तो अच्छा तू के बनाई होगी उसने कुछ दिया कुछ वो खाने लग रही है अभी वो कितने पसीना आ रहे हैं अभी नीचे से ऊपर से ए बंद करके नीचे तो नहीं थोड़ी देर में पसीना आने लग गए वो मस्ती हो रही है तो ना बारिश की वजह से तो रोशनी आएगी थोड़ी देर में तो रोटी बना देगी तो अपन खाना खा लेंगे मुझे लग रही है बहुत ज़ोर से भूख तो मैं सोचा था बाहर जा के खा लूँगा पर मम्मी इंप्लांट इंप्ला खिलअप करा दिया पूरा <coughs> और दास कर दीजिए क्या बनाया किचन उन्होंने तो थोड़ी देर में आएगी वो तो खाना खा के नहीं फिर बात करते हैं आपसे रोशनी तारक देखने में और रोटी बना रही साथ में और ये बन रही मिट्टी के लिए तब होकर रोटी रोशनी पापा ले हो जाएंगा जाने में पापा ले गए मिल जाए चार अभी सब्जी बनाई नहीं बनाए दो चार तो दिन तक व्यवस्था नहीं बैठेगी घर में तो मम्मी को टाइम नहीं मिल पाता रोशनी बेचारे दिन और काम करती रहती दो चार दिन ऐसे रह गए सब्जी का बनाएं। तो बनाएं जो खिलाओ क्या किचन की बेचारे रोशनी परेशान हो गई है अपने काम करते करते और ये किचन संभाले पूरे दिन ऊपर नीचे ऊपर नीचे घूमते हैं इडली आज कब है है? तो मैं जब तक ये सोच रहा हूँ कुछ तो आलू वालू सब्जी खा रहे तो रोशनी बंदे आलू प्याज सब्जी कम नहीं पड़ेगी खा ली ये खानी खाई पापा पापा के लिए सब्जी बना रही है बस फ्रीजू खा रही है दूध दर्जा तो उसको खाना खाएंगे तो मुंबई मैं दोबारा छोड़ा दोबारा लाल हो गया से तो ट्रम ले आता हूँ उसको भी खाना खाना है जो भी टाइम हो गया साढ़े आठ बज गए